आप बड़े भाग कन्या घर जन्मी, बड़े भाग देवी घर जन्मी पूज आज संसार में वो आज जन्मदिन मना रहे हैं खुशी भाई परिवार देखिए आप, आप।, आप, बेटी जगदम्बा के समान होती है देखिए आप इस भारत वर्ष में बेटियों का सम्मान और बेटियों का दर्जा देखिए आप बेटी है अनुसुईया माता उमा रमा ब्रह्मी देखिए आप बेटी है अनसुईया माता हुआ रमा ब्रह्मानी सत सावित्री सीता है और बिटिया राधिकारानी सत सतीसावित्री सीता है और बिटिया राधिकारा और मिलगा रतन धन अरे है मिलगा रतन धन बेटी के अवतार में कैसे ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी ना बिटिया नैया वे आज भी रोफ है बहुत भाग्यशाली हो जिनके ना भगवान बेटिया आदमी बेटियों को सम्मान नहीं करे बेटे का सम्मान है जग में बेटी का कोई मान नहीं दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं कहीं से बेटा आओ तो से बिटिया आओ देखिए आप है धन तन धन बेटी के अवतार में और आज जन्म जन्मदिन मना रहे हैं खुशी भाई परिवार उसी कन्या के भाग को चाहिए जो रिश्तेदार पूरा मोहल्ला और, और सबईधने आज शामिल हैं और बिटिया के भागों से गाय रिश्तेदार और पूरा पड़ोसी जुड़ गए बहाने दार पूरा पड़ोसी गिजर गए बहाने चौक चांदनी में दद्दा बहुल उठा रहे हैं खजा को चांदनी में दद्व लोटा रहे खजाने सबके सबके भैया भैया हरसाए भैयापन हरसाए बेटी के पावन काल में बेटी के पावन काल में आज जन्मदिन मना रहे हैं खुशी भाई पर जब तक है गंगा में पानी आसमान में तारे जब तक है गंगा में पानी आसमान में तारे से कहो और सब पिटियों से कह बो थे सबको दोई को नो की लाज बचै चमके भाग तुम्हारे कोई बोलो की लाज बचै चमके भाग तुम्हारे आए पुराह के आए रिश्तेदार आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए सब आए।, आए कि बड़े भाग है बड़े भाग है बेटा तुम्हारे जुड़ आए सब व्यवहार में वो आज जन्मदिन मना रहे हैं खुशी भाई परिवार में